सात मार्च का आज अंतिम मतदान है सातवें चरण का चुनाव जो है इस समय मतदान यहाँ पड़ रहा है नमस्कार मैं हूं उनके अंदर फॉल पॉलिटिक्स अगेन इस समय हम मौजूद हैं जफरा विधानसभा क्षेत्र के जलालुद्दीन बूथ पर जहां पर यहाँ बूथों की संख्या ज़्यादा दिख रही है और यहां जो मतदान करने वाले कर्मी हैं वो भी ज़्यादा दिख रहे हैं लगातार मतदान प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी व्यवस्था की गई है आज सातवें चरण का अंतिम मतदान है इसके बाद कोई मतदान भी होना भी नहीं है लगातार सिर्फ दस मास का लोगों का इंतजार बेसबीस रहेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा कि आने वाला दस मास तय करेगा